नमस्कार स्वागत अभिनन्दन दोस्तों मिथुन राशि के जात को मार्च का ये माह आपके जीवन में क्या नवीनता लेकर के आया है इस विषय पर आज हम प्रकाश डालेंगे आपने जो गोल सेट कर रखे हैं और जो भी आपने अपने जो है अर्थ को लेकर के अर्थात धन को लेकर के गोल सेट किए हैं क्या मार्च माह में आप उनको अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन सभी विषयों पर हम प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ दर्शकों प्रोग्राम के अंत में मार्च माह को प्रभावी बनाने के लिए स्पेशली मिथुन राशि के जातक क्या ऐसे दिव्य से दिव्य उपाय करें कि उनकी जो मतलब जो है अशुभ ग्रह हैं वो अपने अशुभता को प्रभाव को छोड़कर के शुभता की ओर अग्रसित हों साथ ही साथ दर्शकों इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं आइए सबसे पहले इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं छः मार्च शुक्रवार दिन रहेगा और एकादशी का व्रत रहेगा और नरसिंह द्वादशी भी रहेगी वही नौ तारीख सोमवार दिन रहेगा और सोमवार का जो दिन रहेगा ये होलिका दहन का दिन रहेगा इस दिन छोटी होली भी देखिए दर्शकों जो है मनाते हैं होलिका दहन रहेगा और फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि भी रहेगी 10 तारीख मंगलवार दिन रहेगा और रंगावली अर्थात होली का जो त्यौहार है होली का जो पर्व है इस दिन रंग खेला जाएगा मिथुन राशि से संबंधित एक वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखा है वहीं पर चौदह तारीख शनिवार दिन रहेगा और मीन संक्रांति रहेगी दर्शकों संक्रांति का सीधा सा मतलब समझिए सूर्य देव अभी कुंभ राशि में चलायमान है और ये चौदह तारीख को मीन राशि में जाएंगे तो मीन राशि होगी जब तक ये कुंभ राशि में थे तो कुंभ संक्रांति थी वही सोलह तारीख सोमवार दिन रहेगा दर्शकों और शीतला अष्टमी का व्रत रहेगा इसके अलावा कालाष्टमी भी इसी दिन रहेगी उन्नीस तारीख बृहस्पतिवार दिन पाप मोचनी नामक एकादशी का व्रत रहेगा बहुत ही जो है एकादशी का महत्व तो है चौबीस एकादशी टोटल होती है पाप मोचनी का उनमें बहुत ज़्यादा महत्व तो है वहीं पच्चीस तारीख बुधवार दिन रहेगा और दर्शकों जो है गुड़ी पड़वा रहेगा सत्ताईस तारीख शुक्रवार दिन रहेगा गौरी पूजा होगी मत्स्य जयंती भी इस दिन पड़ती है वहीं अट्ठाईस तारीख शनिवार दिन रहेगी और विनायक चतुर्थी का व्रत रहेगा तीस तारीख सोमवार दिन रहेगा यमुना छठ स्कंदी और रोहड़ी व्रत तो ये सब हमारे थे मार्च माह के व्रत एवं त्यौहार मिथुन राशि के जातकों के लिए सभी लोग कर सकते हैं तो मिथुन राशि के जातकों अब चलते हैं आपके राशिफल की ओर लेकिन दर्शकों तमाम लोगों के प्रश्न है कि पंडित जी ये राशिफल आप किस पर बनाते हैं देखिए हमारे जो सम्मानित दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है आपकी जन्मकुंडली में चंद्रमा जिस घर में बैठा होता है वो आपकी राशि होती है अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है तो आप लोग कमेंट में अपनी बर्थ बर्थ बर्थ अपना बर्थ प्लेस अपने बर्थ का समय आप लोग ड्रॉप कर दीजिए हमारा यहां संभव प्रयास रहेगा कि आपको वहां पर हम आपके जो है वास्तविक राशि से अवगत कराएं साथ ही साथ दर्शकों इस माह के जो प्रमुख ग्रह और गोचर रहेंगे इस पर आइए एक दृष्टि डाल लेते हैं तो देखिये दर्शको राहुदेव ये मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं केतु मंगल और गुरु ये धनु राशि में संचरण कर रहे हैं 22 मार्च को मंगल को जो है साथ मिल जाएगा शनि का अपनी उच्च राशि में मंगल जो है चले जाएंगे यहाँ पर शनि के साथ द्वंद्व योग बनाएंगे बुद्ध वहीं कुंभ राशि में चलायमान रहेंगे और सूर्य भी बुद्ध आदित्य योग बनाएंगे लेकिन 14 तारीख को फिर ये चले जाएंगे मीन राशि में पाइसेस में। वही दर्शकों देव मेष राशि में चलायेमान रहेंगे तो बेसिकली इन्हीं चीजों के आधार पर चंद्रमा को मानक मान करके राशिफल तैयार किया गया है मिथुन राशि के जातकों मार्च का यह माह प्रतिष्ठित कार्यो में सफलता के लिए जो भी आप प्रयास अब तक करते आ रहे हैं तो आपके प्रयासों को और ज्यादा बल मिलेगा साथ ही साथ मार्च का ये महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए स्थान परिवर्तन लेकर के आया है जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या जो लोग प्राइवेट नौकरी में हैं और अपने नौकरी में स्थान परिवर्तन चाह रहे थे तो उनका स्थान परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत दिनों से यदि ये, ये ट्रांसफर के लिए प्रयास किए थे प्रयास नहीं हो पा रहा था तो मार्च का ये माह शुभता में उनकी वृद्धि कराएगा आप जहां पर जा रहे थे आपके मनपसंद जगह आपका ट्रांसफर होगा आपको वरिष्ठों एवं सम्मानित व्यक्तियों के साथ वैचारिक मतभेदों से बचना रहेगा साथ ही साथ इस माह का जो जो है मतलब ग्रही गोचर व्यवस्था रहेगी थोड़े से आपके लिए अनुकूल ना होने से कार्यों में आपके व्यय अधिक होगा आपके खर्चों में अधिकता आएगी आपने जो सेविंग्स कर रखी होंगी उस पर कहीं ना कहीं डाका पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है ऋण चुकाने में कुछ कठिनाई आप लोग अनुभव करेंगे दर्शकों कुछ लोन इत्यादि जो आपके अप्रूवल जो है आपको लगता था कि ये अप्रूव हो जाएगा या हमको लोन मिल जाएगा तो वो लोन भी आपका अप्रूग होगा, अप्रूग नहीं होगा। नहीं दांपत्य जीवन में मिथुन राशि की आपको असफलता प्राप्त होगी लेकिन दर्शकों घबराइए नहीं करोड़ों लोगों की मिथुन राशि है आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है आप लोग अपनी एक बार कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए क्योंकि दर्शकों ये जो राशि फल है ये आपके ऊपर सटीक वैसे ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता जन्म के समय आपके ग्रह नक्षत्र सितारे कुछ हैं वास्तविक जीवन में आपके कुछ चल रहा हो और दर्शकों जो वहां पर आपकी प्रडिक्शन चलती है वो लग्न के आधार पर चलती है तो दांपत्य जीवन में असंतोष बढ़ेगा प्रेम संबंधों में असफलता कुछ मिलेगी आपने जिनको प्रपोज किया होगा उधर से ना सुनने को आपको मिलेगा उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपको समय समय पर इसमार मेडिकल चेकअप कराते रहना पड़ेगा साथ ही साथ डॉक्टरों के चक्कर लग सकते हैं आपके धन का एक हिस्सा चिकित्सक के जो है ऊपर चिकित्सीय जो है सलाह में चिकित्सीय सेवा में डॉक्टरी इत्यादि में जो है वह होता हुआ दिखाई दे रहा है मार्च के महीने में मार्च के महीने में कार्यस्थल पर किसी खास व्यक्ति से आपको कुछ समस्या हो सकती है जहां पर आप जॉब कर रहे हैं हो सकता है आपकी कोई चुंगली कर दे यदि आप किसी के साथ में बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर से आपके मतभेद हो सकते हैं रुपये पैसों को ले करके मार्च माह में छिपे हुए विरोधियों से आपको सावधान रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं इस माह आपका जो है आपके आर्थिक जीवन की यदि हम बात करें तो इस महीने जेब से पैसा आपके अधिक खर्च होगा आ, अकारण ही खर्चे आपके बढ़ते जाएंगे आपको अपनी सेहत को लेकर के भी पैसा खर्च करना पड़ सकता ये हमने आपको बताया ही है अगर आप लोग घर से दूर रहते हैं तो मार्च के महीने में परिवार वालों तथा अपने रिश्तेदारों के साथ आप लोग एक अच्छा समय स्पेंड कर सकते हैं बिता सकते हैं साथ ही साथ परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है जिन लोगों को जो है माता पिता बनने की काफ़ी जो है तमन्ना थी ये माह आपके ख्वाब पूरा कर सकता है साथ ही साथ इस महीने छात्रों के बौद्धिक क्षमता में बहुत ही अच्छी वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है मार्च महीने में आपके जो है इंड में प्रेम संबंध कुछ नए बनेंगे शानदार रहेंगे प्रियतम और आपके बीच का जो मतभेद था ये समाप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है वैवाहिक जीवन में जीवन साथी आपके किसी बात को ले करके नाराज हो सकते हैं मार्च का महीना मिथुन राशि वालों की सेहत के लिए थोड़ा बहुत जो है सामान्य रहने वाला है लेकिन आपको इस माह घुटने से संबंधित पेट से संबंधित सिर दर्द और खास करके माइग्रेन की शिकायत रह सकती है और कहीं कहीं पर आपको सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम हो सकती है इस महीने लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है तो यात्रा यदि आप करने जा रहे हैं तो अपने सामान को बचा करके रखिएगा अन्यथा यात्राओं में चोरी का भय होता हुआ दिखाई दे रहा है साथ ही साथ कोई नए संपर्क आपके सरकारी क्षेत्र में स्थापित होंगे और आपके धन का कुछ हिस्सा आपके अनैतिक कामों में जाएगा जैसे मान लीजिए आप ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं लेकिन आपका ट्रांसफर नहीं हो रहा आपने पैसा दे करके ट्रांसफर कराया तो इस प्रकार के पैसे से आपको बचना चाहिए देने से अन्यथा आपका धन भी फंस सकता है हाँ इस माह एक चीज ये भी हो सकता है कि किसी नए जो है आपको भूमि का टुकड़ा इत्यादि प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है साथ ही साथ आपके घर में कोई जो है बर्थडे पार्टी हो सकती है कोई सेलिब्रेशन हो सकता है और कोई धार्मिक कार्य इत्यादि हो सकता है इसमें यदि कोई कोर्ट कचेरी से संबंधित फैसले हैं तो बहुत प्रयास करने के बाद माह के अंत में आपके पक्ष में आते हुए दिखाई पड़ेंगे और निश्चित रूप से उसमें आपको लाभ मिलेगा जो हमारे जातक मिथुन राशि के और खास करके इंजीनियरिंग से रिलेटेड है बैंकिंग से रिलेटेड है तो बैंकिंग सेक्टर के लिए माह बहुत ज्यादा ग्रोथ कराने वाला रहेगा साथ ही साथ शेयर मार्केट में यदि आपने पैसा लगाया हुआ है तो निश्चित रूप से आपको उसमें लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है मिथुन राशि के जात एक बात और अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इस माह में जो आपके लिए सर्वाधिक अनुकूल दिवस प्रतिकूल दिवस कौन से ये बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले इस माह को प्रभावी बनाने के लिए उपाय क्या करना है देखिए कम समय में अधिक से अधिक चीजें हम आपको बताते हैं आपका चूंकि समय आप लोगों का बहुत ज्यादा कीमती है और इस कीमती समय में हम किसी भी प्रकार से डाका नहीं डालना चाहते हैं फालतू की इधर उधर की बात नहीं करना चाहते हैं तो सीधे उपाय पर आ जाते हैं उपाय ये करना रहेगा कि हर बुधवार वाले दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम ये स्रोत है इसका आपको पाठ करना रहेगा पहली चीज दूसरी चीज दर्शकों करना क्या रहेगा हर शुक्रवार को मतलब हर फ्राइडे वाले दिन आपको जो है तुलसी जी के जो है आपको पौधे के पास एक देसी शुद्ध देसी घी का आपको दीपक जो है ये जलाना है और उसके बाद आपको ओम महालक्ष्मे चाह विद हैं पत्नीम चाह धीम तन्नो महालक्ष्मी प्रचोदयास इस मंत्र को 21 बार आप लोग जाप करिए निश्चित रूप से आपको लाभ होगा साथ ही साथ दर्शकों इस माह में आपको बृहस्पतिवार वाले दिन किसी एक गुरुवार को आपको करना ये रहेगा कि सवा किलो चने की दाल सवा मीटर पीला कपड़ा एक केसर की डिब्बी और थोड़ा सा आप वहाँ पर जो है हल्दी की गाठ रख लीजिएगा उसको आपको किसी मंदिर में वयोवृद्ध जो पुजारी होते हैं उनको दे करके और चर्र छू करके उनका आशीर्वाद लेना रहेगा इस माह के सर्वाधिक शुभ तिथियों पर आ जाते हैं तो आप लोगों के लिए दो तारीख तीन तारीख इसके बाद सात तारीख तेरह तारीख चौदह तारीख तेईस तारीख छब्बीस तारीख और उनतीस इकतीस तारीख सर्वाधिक शुभ रहेंगे वही प्रतिकूल दिवस की यदि हम बात करें तो एक तारीख छः तारीख आठ तारीख दस तारीख बारह तारीख सोलह तारीख अट्ठारह तारीख इक्कीस तारीख अट्ठाईस तारीख ये प्रतिकूल रहेगा इन दिनों में कोई शुभ कार्यों की शुरुआत मत करिएगा आपके भाग्यशाली रंग पर जाते हैं तो लाइट ग्रीन कलर और पिंक कलर आपके लिए सर्वाधिक भाग्यशाली रहेंगे भाग्यशाली अंक की बात करें तो अंक दो अंक तीन और अंक छः आपके लिए सर्वथा भाग्यशाली अंक रहेंगे तो दर्शकों कैसा लगा मारा ये प्रोग्राम आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराइए नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बना हुआ आइकन दबाइए हर संडे रात्रि 10 से 11 बजे तक हम लाइव होते हैं उस दौरान आप लोग हमसे जुड़ करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार